बहुत बार ये होता हैगा कि आप लोग मोबाइल में वेरिफिकेशन कोड को देखना चाहते हैं लेकिन जब आप वेरीफाई कर देंगे तो आपके पास वो जी कोड या गूगल कोड वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है फ़ोन में और आप परेशान हो जाते हैं और टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वेन यू वोट गेट अ वेरीफिकेशन कोड इन मोबाइल फॉर देट यू हैव टू डू द फॉलोइंग स्टेप्स टू गेट कोड जी कोड तो उसके लिए जी कोड को गूगल कोड जो वेरीफिकेशन कोड आता है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने डिवाइस को रेडी करना पड़ेगा टू स्टेप वेरीफिकेशन के लिए मेक श्योर योर यू आर साइन इन योर गूगल अकाउंट ऑन एंड्रॉयड फ़ोन और आई अब आपका वो चाहे आई हो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो उसमें सबसे पहले उस अकाउंट से आप लॉग कर जाइए जिस अकाउंट का आप करने जा रहे हैं इफ़ यू हैव एंड्रॉयड फ़ोन ओपन द सेटिंग एप ऑन योर फोन टैप अकाउंट एंड ऐड अकाउंट सेलेक्ट गूगल एंड साइन इन तो आपको जो सेटिंग में जाइए अकाउंट को टैप करिए और अकाउंट को ऐड करिए और गूगल में जाकर उस अकाउंट को साइन इन कर लीजिए और अगर आई है आपका तो गूगल ऐप में जाकर के ऐप स्टोर में जाकर साइन इन करके गूगल अकाउंट को ऐड करिए जब आपका गूगल अकाउंट ऐड नहीं होगा लॉग नहीं होगा तो आपका कोड आपके फ़ोन पर नहीं आएगा और आप बहुत देर तक परेशान रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि कोड कहाँ चला गया और आपको ये भी लगेगा कहीं हैक तो नहीं हो गया स्टिल इफ़ यू वोंट गेट कोड दैन ट्राई अनदर वे विच आर एज फॉलोज और अगर उसके बाद भी लॉगिन होने के बाद भी वो आपको नहीं मिल रहा है तो क्लियर करिए कि आपने लॉगिन प्रॉपर अकाउंट किया है कि नहीं किया है और अगर प्रॉपर अकाउंट किया है तो दूसरे ढंग से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए तो वो आपसे पूछेगा कि कोई और अल्टरनेटिव फ़ोन हो तो उसको दे दीजिए तो आप उस फोन को दीजिए जिस पर आप जो दूसरा कोई आपके पास सिम हो तो उसका नंबर दे दीजिए इन सेम डूल सिम फोन और अनदर फोन एंड गेट कोड टू वेरीफाई तो उसी फ़ोन पे अगर डुएल सिम है तब तो बहुत अच्छी बात है उसी में दे दीजिए फ़ोन नंबर दूसरे फ़ोन का अदरवाइज अगर दूसरा फोन है तो वहाँ पर भी वही करना पड़ेगा कि आपको अकाउंट को लॉग करना पड़ेगा तब वहाँ पर आपका कोड आएगा गेट टैक्स तब वो पूछेगा किस फॉर्मेट में आप लेना चाह रहे हैं अपने कोड को टेक्स्ट फॉर्मेट में कि वॉइस कॉल से तो प्रीफर यही किया जाता है कि आप टेक्स्ट मैसेज ले लीजिए और वॉयस कॉल में कोई आपकी बात सुन भी सकता है स्टिल नॉट गेटिंग चेक वेरीफिकेशन ई Verification email uh, which you have given or or to take help of Google और ya अपनी verification code जो आपने उस particular account के लिए दे रखा है उसको एक बार लॉग इन करके उसमें चेक कर लीजिए हो सकता है आपका जी कोड वहाँ आया हो और अगर वहाँ पर भी नहीं आया है तो आप गूगल से हेल्प ले लीजिए से योर प्रॉब्लम विद स्क्रीन शॉट एंड सेंड फीडबैक टू द गूगल एंड वेट फॉर द रिप्लाई अब आप इसको क्या करिएगा स्क्रीनशॉट बना लीजिए कि भाई हमारा नहीं आ रहा है हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं तो गूगल हम क्या करें तो गूगल के पास फीडबैक भेज दीजिए गूगल मस्ट टेल यू द वे टू तो गेट वेरीफाइड ऑल्सो टेक सिक्योरिटी चेकअप इन ए फ़ोन एंड डेस्कटॉप बोथ सो इट विल रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम उसके बाद भी ना प्रॉब्लम सॉल्व हो तो सिक्योरिटी चेकअप के लिए ऑलरेडी गूगल अपने आप पूछेगा तो आप सिक्योरिटी चेकअप करिए और एक्टिविटीज को चेक करिए वो पूछेगा कि करेंट क्या एक्टिविटी है उसको चेक करिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए सो दिस इज द वे टू गेट द जी कोड इन अ फोन और अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा फोन नंबर ट्राई कर लीजिए जिससे कि आपका जी कोड आपके पास आ जाए थैंक यू व्यूवर अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ प्लस बेल जरूर दबाइए जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिले आप लोग लाइक करना सब्सक्राइब करना और प्रेस बेल नोटिफिकेशन दबाना भूल जाते हैं जिससे आपको अगली वीडियो नहीं मिल पाती है सो कृपा करके आप लोग लाइक कर दीजिए और प्रेस बेल दबा दीजिए आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना और सब्सक्राइब करना थैंक यू